दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे लगा नहीं करेंगे रब दी कसम दिल दे दिया रुक जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा हमने सोचा नहीं था कभी रुक जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा हमने सोचा नहीं था कभी आजा नहीं क्या से क्या हो गया किस तरह मैं तुमसे बेवफ़ा कर दो मुझे माफ कर दो इतना ही कर दो दिल ले दिया है नाम तुम्हें है इतना नहीं कर बन गया दीवाना मैंने क्यों को नहीं सा मैं बन गया दीवाना मैंने क्यों सादगी को नहीं देना। यही है की इसका